सुबह so, सुबह सुबह मैं स्कूल के लिए जैसे ही रेडी होता हूं उसके बाद मम्मी मेरी ब्रेकफास्ट में मुझे छोले और दे देती हैं जो कि मैं खा के निकल जाता हूं उसके बाद स्कूल से आने के बाद मम्मी मुझको मुझे का सिक्का देती हैं बोलती हैं कि कपूर लेके आओ तो मैं निकल जाता हूं दुकान के लिए दुकान से मैं यहाँ पर कपूर लेने के बाद यहाँ मेरे घर पर एक छोटी एक सी एक्यूट सी बेबी आ जाती बेबी नहीं है मतलब मेरी बहनी है सिस्टर जो कि पड़ोस में शाम होने पर सचिन मेरे घर पे आता मुझको लेके चलता है घूमने चलने उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं रोड साइड यहाँ पर रोड साइड में काफी भीड़ हो रही होती है और यहाँ पर थोड़ी दूर डिस्टेंस कर ट्रेवल करने के बाद मुझे दिख जाती है मेरी फेवरेट कार जो कि है स्कॉर्पियो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन, गार्डन हो रहा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर घूमने के बाद हम सचिन ग्राउंड की तरफ निकल जाते हैं वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ क्योंकि इधर हमारे भैया लोग खेल रहे होते हैं तो बैठकर हम काफी एंजॉय कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर अनोन मंदा के साथ मैं उसके घर पे कुर्सी देने चला जाता हूँ और यहाँ पर ब्लॉग एंड शेयर तो डू सब्सक्राइब